सिंगरौली में मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ यह पतंग महोत्सव स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया था कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कार्यकारी निदेशक बसुराज गोस्वामी ने किया इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पतंग महोत्सव में हिस्सा दिया सिंगरौली के शक्ति में स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया कार्यक्रम में कार्यकारी निदेशक बसुराज गोस्वामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे महोत्सव में कर्मचारियों बच्चों एवं परिवारजन द्वारा रंग बिरंगी पतंग उड़ाई गई एवं पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग किया गया इस दौरान बसुराज गोस्वामी ने स्पोर्ट्स काउंसिल के सदस्यों को पतंग महोत्सव के सफल आयोजन के लिए बधाई भी दी और पोंगल एवं मकर संक्रांति के सुवसर पर हार्दिक शुभकामना देते हुए सभी के जीवन में खुशियां सफलता एवं समृद्धि की कामना की